नमस्ते दोस्तों मेरा नाम है महीपाल चौधरी और मैं महीपाल इंटीरियर डेकोरेटर चैनल में आपका स्वागत करता हूं और आज हम आए हैं एक न्यू किचन बनाने को और इसका काम पूरा तरह से कंप्लीट हो गया है और किचन के मालिक भी हमारे साथ में हैं और क्लाइंट से हमारी जो भी बात होंगी वो हम आगे वीडियो में मैंशन कर देंगे महीपाल जी और बहुत अच्छे ठेकेदार है इन्होंने ये काम किया है ये हमारे सेठ दत्ता जी एंड और आपको कैसा लगा हमारा काम अच्छा लगा था। एक नंबर एक नंबर। अच्छा थैंक यू थैंक यू सुना इस वीडियो में और हमारे जो मालिक है वो खुद बता रहे हैं कि काम है, एकदम अच्छे से हुआ है अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना कभी ना भूलें और जो भी आपका प्रश्न है वो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के सेंड कीजिए हम आपका उत्तर जल्द ही दे देंगे और जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये माइक्रोवेव है, ओवन के ऊपर का जो कैबिनेट बनाया है वो इसका ढक्कन में खोल के आपको दिखा रहा हूँ और ये जो दूसरा है इसमें दो सेल्फ है एक में एक सेल्फ डाला हुआ है यहाँ तक कि इसकी माइका की बात करें तो ये हाई ग्लोसी एग्रेलिक डेढ़ एम एम जारी माइका लगी हुई है नीचे में ये अनाज रखने की कोठी है इसके अंदर डायरेक्टली गेहूं चावल कुछ भी अनाज भरा जा सकता है ये केस्टर व्हील पे ज़मीन पे चलने वाली ट्रॉली है इसमें कभी कोई भी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं आता है और आगे में हम आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे ये एक्वागार्ड के ऊपर कैबिनेट बनाया है जिसमें से पानी लगने से ज़्यादातर ख़राब होने की जो समस्या आती है इसलिए हमने इसके नीचे के बॉटम को काट दिया है अभी हम कैमरे को इसके नीचे ले जाके आपको दिखाएंगे अब ये देखिए एकवा गार्ड इसके अंदर आधे कैबिनेट में रखा हुआ है और यहाँ से जब भी पानी लेते तो पानी की बूंदे सीधे नीचे आ जाती और प्लाईवुड गलने का कोई चांस नहीं रहता और ये चिमनी के बाजू के ऊपर के बॉक्स बनाए हुए है इसमें एक एक कांच का सेल्फ दिया है इंजिस भी जो है वो हीटेज कंपनी के है और यहाँ पे एक ये जो चिमनी लगी हुई है ये चिमनी फुली ऑटोमेटिक है और इसमें आई सेंसर लगा हुआ है जैसे अपन इसके ऊपर से हाथ घुमाते हैं तो ये चिमनी ऑन हो जाती है फिर से विपरीत दिशा में जब दूसरा हाथ घुमाते हैं तो ये चिमनी वापस ऑफ हो जा रही है अभी ये चिमनी ऑफ है ये देखो जैसे मैंने ये हाथ घुमाया है ये इसकी लाइट इंडिकेट करने लग गई है और दूसरा जो कैबिनेट है वो सेम जैसा पहला केबिनेट था वैसे ही ये है यानी चिमनी के दोनों साइड इसमें यह जो छोटे वाले अपने जो सामान रखने के डिब्बे रहते हैं वो रखने के लिए अपने ऊपर में बनाते हैं और इसमें फोस्टेड ग्लास का प्रयोग किया हुआ है और ये जो मंदिर है ये सबसे एक इम्पॉर्टेंट और ध्यान आकर्षित करने वाली वस्तु है इसमें जो हमने पैटर्न यूज़ किया है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ये इस साल का ये हमारा नया अविष्कार है और इसका मैं आपको डिटेल वाइज धीरे धीरे बता दूंगा। अब इसमें देखो ये मोर पंख लगे हुए है और मैं इसके ऊपर हाथ घुमा रहा हूँ फिर भी ये मोर पंख इधर उधर नहीं हो रहे ये नेचुरली मार्केट से खरीदे हुए ये मोर के पंख है और इनको काँच के साथ सैंडविच पैटर्न बना के अंदर डाला हुआ है ताकि ये नहीं तो ये ख़राब होए और नहीं इनके ये बाल इधर उधर बिखरे नीचे में इसमें हमने पूजन सामग्री रखने के लिए दो ड्रावर बना दिए हैं ऊपर में एक ट्रे बनाई है थ्री स्टेप का इसका स्टेज इस बना दिया है और मंदिर का लुक बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है और जहाँ तक अपन ट्रॉली की बात करें ये कटलरी बास्केट है इसको मैंने पिछले वीडियो में इसका एक वीडियो बनाया है आई बटन में उसका आपको लिंक मिल जाएगा वहाँ से आप इस वीडियो को देख सकते हैं और ये जो प्लेन बास्केट है इसके ऊपर जो हैंडल्स लगे हुए इनको एस प्रोफाइल हैंडल बोलते हैं और ये एक पूलआउट हमने बीच में लिया है और ये जो प्लेन बास्केट है किसी किसी के नीचे में जाली है किसी में तार है और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की स्टील की ट्रॉलियाँ हैं ये दो दो ढाई ढाई के प्राइस में मार्केट में आसानी से हर प्लाईवुड शॉप पर उपलब्ध रहती है और इसका जो माइका है हमने वाइट कलर और एक डार्क कलर लिया है एक तीन इंच की पट्टी दे दिया है वेंटिलेशन के लिए यहाँ पे एक जाली रख दिया जो सिलेंडर से जो गैस की बदबू रहती है वो डायरेक्टली बाहर निकल जाती है और ये बीच में वॉश बेसिन का एरिया है हालांकि ये किचन पूरी तरह से एकदम पुराना था आप पिछला वीडियो जब देखेंगे मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा वहाँ से आप देखेंगे तो एकदम पुराना किचन है और हमने इसको पूरी तरह से इसका रिनोवेशन कर दिया है और यहाँ पे ये जो थाली बास्केट लगाई हुई है इसमें यूज की गई जो चैनल से वो गोदरेज के अच्छे वाले चैनल है टेलीस्कोपी और अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में और मेरे जो सोशल साइड जैसे फेसबुक है ट्विटर है आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं इन सबका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और अभी यहाँ पर ये फ्रिज की जगह छोड़ी हुई है और पूरे जो किचन का लुक है वो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है आप ये देखिए पीछे में जो ये वॉलपेपर लगा हुआ है ये एकदम ऐसे पत्थर टाइप का वॉलपेपर है और ये एक हमने सामान रखने के लिए अलग से एक रैक बना दी है इसमें बाहर से देखने के लिए एक हॉल की तरफ एक विंडो भी है छोटी सी इस विंडो के हिसाब से ऊपर में हमने एक ये मेडिसन कंपाउंड बना दिया है जहाँ पर अपन दवाइयों का सामान रख सकते हैं उसमें एक हाइड्रोलिक गैस पंप लगाया है बॉस कंपनी का ये गैस पंप है और इसमें जो इंजिस यूज़ किए हुए हैं वो भी बॉस कंपनी के इंजिस है अच्छे जिसको ऑटोसॉफ्ट इंजिस बोलते हैं इसमें अभी लाइट का काम होने का ही से इसमें एक वायर लटक रहा है ये तो ये जो खड़ा वाला दरवाज़ा है इसमें भी सेल्फ से सेल्फ डाले हुए है और जो मैंने हाथ लगाया ये ग्लास से फोस्टेड किया हुआ है अपन इसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास भी डाल सकते हैं इंचिंग किया हुआ ग्लास भी डाल सकते हैं जो अभी नए समय में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जो ग्लास है वो फोस्टर्ड ग्लास ही है इसका लुक बहुत अच्छा दिखता है थोड़ा थोड़ा इसके अंदर से सामान दिखता है पूरी तरह से क्लियर नहीं दिखता लेकिन ये बाहर से जो ग्लास का जो लुक है और इसकी जो फिनिशिंग है वो बहुत ही अच्छी दिखती है तो फ्रेंड्स आगे में मैं आपको और इसके जो प्राइज़ है वो उसके बारे मैं में मैंशन करूँगा जो इसमें जो ग्लास यूज़ किया हुआ है वो 85 फाइव रुपीज़ प्रति फुट का आठ एम mm ग्लास यूज़ किया है और प्रोफाइल के दरवाज़ों में जो हमने ग्लास यूज किया है वो 5 एम mm का ग्लास और जो ये दरवाजे का हमने काम किया है इसमें अठारह एमएम mm प्लाई की पेनलिंग की हुई है और इसके ऊपर पीवीसी डार्क कलर की ये माइका लगाई हुई है इसकी भी लाइफ बहुत अच्छी रहती है पी माइका की और जो वॉल पे है वो लास्टर पेंट किया हुआ है मालिक भी बीच बीच में घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं सीलिंग को भी हमने हल्का क्रीमी वाइट कलर किया है और ये मालिक भी इस किचन का मुआना कर रहे हैं और कल इसकी ओपनिंग होने वाली है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं हमने पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको दिखाया है तो फ्रेंड्स आपने देखा कि वीडियो में हमने बताया किचन का जो इंटीरियर वर्क होता है उसके बारे में पूरी डिटेल वाइज बताया है अब मैं इसके हर एक इस्टेप को जो हमने मटेरियल यूज़ किया है जो भी हार्डवेयर यूज़ किया है जो भी हमने प्लाईव यूज़ किया है हर सामान का मैं आपको जो प्राइस है वो बता दूंगा और टोटली ये जो किचन का काम है वो कितने रुपए तक लेबर कॉस्ट के साथ गया है तो हम जैसा कि प्लाईवुड की बात कर रहे हैं हमने जो प्लाईवुड यूज़ किया है वो अट्रा एम का प्लाई यूज़ किया है और वो प्लाईवुड मार्केट में एटी फाइव प्रति फुट के हिसाब से मिलता है और हमने जो माइका यूज़ की है वो डेढ़ एम हाई ग्लोसी एक्रेलिक माइका यूज़ की हुई है और इस माइका का जो प्राइस मार्केट में है वो पाँच हज़ार रुपये से बावन सौ रुपये तक उपलब्ध है और हमने जो डार्क कलर की जो माइका यूज़ की थी वो पीवीसी वी है और पीवीसी वी सी माइका पच्चीस सौ रुपये से लेके चार हज़ार साढ़े हज़ार रुपये तक की मार्केट में उपलब्ध रहती है हालाँकि हमने इसमें जो पी वी यूज़ की है डार्क कलर की वो डेढ़ एमएम जाड़ी है और हमने इसकी खरीदी सत्ताईस सौ रुपये से की है और इसमें जो ग्लास हमने यूज किए हैं वो मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया एटी फाइव रुपीज़ प्रति फुट के आठ एमएम के हमने ग्लास यूज किए हैं और इसमें जो शटर बनाने के लिए जो हमने एल्यूमिनियम का जो प्रोफाइल यूज़ किया है वो प्रोफाइल थोड़ा कॉस्टली आता है उसका जो शटर पाइप है वो एक सोलह सौ सो रुपये का दस फुट लंबा मिलता है और उसका जो हैंडल पाइप्स रहता है वो चौबीस सौ रुपये का एक दस फीट में मिलता है फिर उसको काट कूट के उसमें कनेक्टर लगा के उसकी फ्रेमा तैयार की जाती है फिर उन फ्रेमों को खोल के उसके अंदर ग्लास फिट करके इंजिस के साथ में कैबिनेट में लगा दिया जाता है तो इसमें भी बहुत प्रकार की वेराइटीज़ रहती है छः एम ग्लास डालने वाली प्रोफाइल रहती है और आठ एम ग्लास डालने वाली भी प्रोफाइल रहती है जो ऊपर के जो कैबिनेट रहते हैं उसमें जो पतला ग्लास डालते हैं क्योंकि ज़्यादा ये भारी भरकम नहीं हो जाए उसके लिए हमने 50 एम mm की जो प्रोफाइल पाइप थी वो यूज़ किया है और इसमें हमने 5 एम mm के ग्लास डाले हैं और फोस्टेड किए हुए ग्लास थे पूरे और इस किचन को बनाने को टोटली लेबर कॉस्ट के साथ में 2 लाख रुपए का खर्चा आया है और इसका जो लेबर कॉस्टिंग रहता है वो मिनिमम साठ हज़ार रहता है तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमें कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स हम आगे ऐसी ही वीडियो लेके आएंगे और दूसरा अब की बार जो हमने एक एलसीडी यूनिट बनाया है उसका वीडियो हम जल्द ही ले आ रहे हैं और इस किचन का जो पुराना वीडियो है वो आप में डिस्क्रिप्शन में लिंक पे जाके देख सकते हैं तो आपको ठीक से समझ में आ जाएगा और थैंक यू सो मच मिलते हैं अगले वीडियो में नमस्कार